राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेत्री स्वरा भास्कर के शामिल होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने कहा कि वे पाकिस्तान की समर्थक हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को हिंदू होने पर शर्माती है वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी हिंदू होने पर शर्माती थी क्योंकि उनकी जींस तो वही है इस दौरान उन्होंने राहुल की यात्रा पर भी निशाना साधा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर का शामिल होना एक बड़ा मुद्दा बन चुका है अभिनेत्री के यात्रा में शामिल होने पर यात्रा सवालों के घेरे में आती जा रही है कटनी में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के भूमि पूजन और गृह प्रवेश करने पहुंचे खजुराहो के सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदा शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भारत तोड़ो यात्रा है इस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं यात्रा में पाकिस्तान सपोर्टर्स शामिल हो रहे हैं उन्होंने कहा बॉलीवुड एक्ट्रेस सौरभ भास्कर भी इस यात्रा में शामिल होने पहुंची और वे पाकिस्तान की समर्थक है बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को हिंदू होने पर शर्माती है वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी हिंदू होने पर शर्माती थी क्योंकि उनके तो वही है इस भारत जोड़ो यात्रा से जनता समझ चुकी है की गरीबों के जीवन बदलने का काम कर रही है हम कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे अरे गौरव इनकी इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा जिसको वो कह रहे हैं वो तो आज सिद्ध हो गया जो मैंने पहले दिन कहा था है, भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है जिस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं जिस यात्रा के अंदर राहुल गांधी कहते हैं कि चीन की सेना से ज़्यादा खतरा जीएसटी कानून को है जो देश की संसद ने पारित किया और संसद में पारित किया कानून किसी दल का नहीं होता वो भारत की संसद है वही राहुल गांधी है जिन्होंने संसद में उनके प्रधानमंत्री के रहते बिल को फाड़ करके फेंका था इनकी तो आदत रही है और आज तो मैंने देखा है कि कल उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर वो अभिनेत्री जो हिंदुत्व पर कलंक कहती है जो इस देश के भारत के भारत माता पर आक्रमण करती है पाकिस्तान की समर्थक है ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ कदम कदम मिला रहे हैं अरे तो भैया इस देश के अंदर ये भारत तोड़ो यात्रा साबित हो गई ये भारत जोड़ो तो छोड़ दो ये देश स्वरा भास्कर जैसे लोग आपके साथ यात्रा में सम्मिलित हैं जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है जैसे नेहरू जी को आती थी क्योंकि है तो वही चीज तो आज भी भारत को तोड़ने का काम करने वाली कांग्रेस है लेकिन देश की जनता इस यात्रा से समझ चुकी है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज